मैं तो चाहता हूँ कि जब जब मेरी आंखें खुले, तो मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा हो तुम्हें इतने करीब लोगों कि कोई भी बुरा सपना तुम्हारे नींदों को खराब न कर पाए ऐसा इश्कना है मुझे